जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपीएससी 2022 का एग्जाम प्रीलिम्स 5 जून 2022 को है जिसमें आपका 96 डेज बचा हुआ है और मैं इन 96 डेज को ऐसे डिवाइड करूंगा कि आप कौन से सब्जेक्ट कितने डेज में कवर करें और जिस तरह से मैं बचा बताऊँगा उतने डेज में आप कवर करिए और मेरा अनुमान है कि आप इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले पाए ले आएँगे और जैसे कि आप कट कटाप ऊपर जा सकते हैं आपको ऐसे सारे सब्जेक्ट को इतने इतने डेज में मैंने डिवाइड किया है जि... और अच्छा नंबर कैसे लाएँ जिससे आपका प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो जाए पॉल्टी को मैंने फोर्टीन डेज में कब बोला है गवर्नमेंट को एंड स्कीम को थ्री डेज में मॉडर्न हिस्ट्री को ट्वेल्व डेज एंसेंट एंड मेडिकल हिस्ट्री को सेवन डेज आर्ट एंड कल्चर को सिक्स डेज जियोग्राफी को फोटीन डेज इनवायरमेंट को सिक्स डेज मैप को टू डेज में डिवाइड किया है इकोनॉमी को फोटीन डेज साइंस एंड टेक को सिक्स डेज और मैं इन सारे सब्जेक्ट को जितने डेज में डिवाइड किया हूँ ये सारे सब्जेक्ट जीएस पेपर वन के हैं और जितने डेज मैंने डिवाइड किया है वो टोटल 84 डेज हैं और आपका बचा हुआ 96 है जिसमें से आपका 12 डेज अभी भी हैं जिसमें आप एट डेज में सी सेट को कवर करें और बाकी फोर डेज आपको बचा हुआ है फोर डेज में आप रिवीजन करें और उसमें केवल आप प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करें प्रीलिम्स के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कर सको उतना सॉल्व करो और ऐसा कहता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पल होगा हो और आप अच्छा नंबर पा सकते हैं और मैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में लाऊँगा कि इन डेज में कितने हावर्स कितने कैसे सब्जेक्ट या किस तरह की कि स्ट्रैटी से आप पढ़ाई करें जय हिंद दोस्तों